नमस्ते चलो सीखे में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे बिहार में सवा लाख शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है हाई कोर्ट ने इस पर लगी रोक को हटा दिया यानी क्लियर कर दिया गया है कि बिहार में सवा लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी और पहले सात साल के लिए टीटी टी प्रमाण पत्र की वैधता थी अब इसे बढ़ाकर आजीवन कर दिया है केंद्र सरकार के द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि अब टी प्रमाण पत्र जो होंगे वे आजीवन होंगे सबसे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि इससे संबंधित वीडियो और जो भी उपयोगी जानकारियाँ होंगी सीधे आप तक चले जाएँगे ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं देख सकते हैं अभ्यर्थियों को दी बड़ी राहत नियुक्ति प्रक्रिया पर, पर हाईकोर्ट की रोक हटी यानी हाईकोर्ट की जो रोक लगी थी वो हटा दी गई है सवा लाख शिक्षक नियुक्ति की का रास्ता साफ हो गया है, यानी दिव्यांगों दिव्यांगों को को आवेदन का मौका दिव्यांगों को आवेदन का मौका इसमें दिया जाएगा यहाँ देख सकते हैं इसी सप्ताह शिक्षा विभाग जारी करेगा दो तरह के शेड्यूल यहाँ देख सकते हैं स्पष्टता दिया गया राज्य में एक लाख पच्चीस हज़ार माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षकों की, की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है इस पर नियुक्ति प्रक्रिया इस नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक को पटना हाई कोर्ट ने हटा लिया साथ ही हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग से दिव्यांग अभ्यर्थियों को का आवेदन देने के लिए पंद्रह दिनों का समय देने को कहा है यानी दिव्यांगकों को भी इसमें समय देने का फैसला किया गया पंद्रह दिनों का समय दिया गया उन लोगों को अब हाई कोर्ट की सहमति के बाद शिक्षा विभाग शिक्षक नियोजन की को लेकर इसी हफ्ते दो शिड्यूल जारी करेगा उन एक उन दिव्यांग के लिए शिड्यूल जारी करेगा जो अब तक आवेदन नहीं कर सके थे यानी उन दिव्यांग के लिए आवेदन करने का इसमें मौका दिया जाएगा वो एक शिड्यूल होगा और दूसरा शिड्यूल सामान्य अभ्यर्थियों के नियोजन पत्र बांटने के लिए शेष रह गई प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जारी किया जाएगा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ के समक्ष गुरुवार को यह सुनवाई चली थी आ, देख सकते हैं दो तीन महीने के अंदर अंदर बांट दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र शिक्षा मंत्री ने कहा है शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने हाईकोर्ट फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब हम दो से तीन माह के अंदर चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र बांट देंगे उन्होंने कहा कि प्रदेश को शिक्षकों की ज़रूरत थी हम यहाँ लाख पद खाली हैं हमारे यहाँ लाख पद खाली हैं इन योग्य शिक्षक की नियुक्ति होने से शिक्षकों की कमी की काफ़ी हद तक दूर हो सकेंगे शिक्षा मंत्री चौधरी ने साफ किया कि हमारी सरकार शुरू से ही इसमें यहाँ देख सकते हैं और बड़ी अपडेट जो है अब टीटी टी, -टी योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन होगी यानी कोई विद्यार्थी टी, टी पास करता है तो उसके जो प्रमाण पत्र होंगे वे आजीवन वैलिड रहेंगे यहाँ कब से कब तक ये नियम क्या है दिए गए हैं आप देख सकते हैं केंद्र सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टी के योग्यता प्रमाण पत्र को की वैधता अवधि को सात वर्ष से बढ़ाकर आजीवन करने का निर्णय लिया है यह निर्णय 2011 से प्रभावी होगा यानी दो हज़ार ग्यारह में जो कैंडिडेट पास होंगे वहाँ से लेकर उनके जीवन भर तक ये वैलिड रहेगा यानी ग्यारह से प्रभावी कर दिए गए हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को यह घोषणा की यानी गुरुवार को जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रियों घोषणा कर दिए हैं निशंक ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों या छात्रों के प्रमाण पत्र की सात वर्षों की अवधि पूरी हो गई है यानी आपके जो प्रमाण पत्र थे ग्यारह में आपने पास किया है और अवधि पूरी हो गई है तो आपको एक नया इसमें दिया है सरकार उनके बारे में संशोधित राज्य यहाँ देख सकते हैं निशंक ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों या छात्रों के प्रमाण पत्र की सात वर्षों की अवधि पूरी हो गई है उनके बारे में संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रशासन टीटी टी के वैधता अवधि का पूर्ण निर्धारण करने या नया टीटी टी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ज़रूरी कदम उठाएंगे यानी सरकार ने यह कहा है केंद्र सरकार ने कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो भी सरकार होंगे वे टी प्रमाण पत्र की जो वैधता है उसको बढ़ाएंगे या नया जारी करेंगे निशंक ने कहा कि निशंक ने कहा कि इस कदम से शिक्षण के क्षेत्र में अपना करियर बनाने को इच्छुक उम्मीदवारों के लिए रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे उल्लेखनीय है कि स्कूलों में शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए किसी यहां ये टोटल जानकारियां दी गई हैं देख सकते हैं पंद्रह दिनों का समय दिव्यांगों अभ्यर्थियों के लिए आवेदन करने के लिए दिया गया है और यहाँ दो में प्रकाशित विज्ञापन की तिथि को जो दिव्यांग आवेदन करने के लिए योग्य थे उन्हें को मौका मिलेगा यानी 2019 में प्रकाशित जो विज्ञापन हुई थी उसमें जो योग्य थे यानी जो आवेदन करने के योग्य थे उन्हीं को मौका दिया जाएगा तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कहे जाएगी शिक्षण संस्थान में शिक्षक बनने का तो इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि बहुत सारे कैंडिडेट जो तक ये बात पहुँचे और उनको इसमें लाभ मिले धन्यवाद